हाय फ्रेंड्स आज एक टॉपिक डिस्कस करना था आप सब लोगों से स्लो डेवलपमेंट ऑफ़ चाइल्ड के लिए मेरा मैंने एक पोस्ट डाला था जिसपे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि स्लो डेवलपमेंट ऑफ़ अ चाइल्ड का मतलब क्या है क्या मतलब वो बच्चे डिफरेंट बिहेव करते हैं या डिफरेंट दिखते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बहुत ही अलग सी हैं तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्वेंटी परसेंट अफेक्टेड होते हैं जो फोर्टी परसेंट अफेक्टेड होते हैं कुछ सेवेंटी परसेंट अफेक्टेड होते हैं ठीक है ये उनका बर्थ चार्ट देखने से पता लगता है कि वो कितना परसेंटेज उनका अफेक्ट है आप स्लो uh, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि uh, हमें क्या होता है एक एज के बाद ना हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम खुद करने लगे वो कुछ वो कुछ चीज़ें वो खुद करने लगे या हम बहुत बारी एक बच्चे को कोई बात समझाते हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा एक चीज़ होती है कि वो करना नहीं चाहता एक होता है कि उसको समझ ही नहीं आता जिन बच्चों को समझ नहीं आता ना वो होते हैं स्लो डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे ना थोड़े आइसोलेटेड रहते हैं वो जल्दी से ना फ्रेंड्स नहीं बना सकते स्कूल्स में जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं वो कहीं घुल मिल नहीं पाते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है कोई भी छोटे से छोटा जो उनकी स्टैंडर्ड का भी है वो नहीं ले पाते वो चूज़ नहीं कर पाते कि उन्होंने करना क्या है तो ऐसे बच्चे होते हैं स्लो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के और क्या होता है कि ऐसे बच्चों को फिर आगे स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि एक टाइम तक तो आप उनको स्टडीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं बट एक टाइम के बाद हम एक ऐसे में है जहाँ पे कंपटीशन है और अगर आपने उस कंपटीशन के लिए उनको अकेला स्टैंड अप नहीं दिया अगर वो स्टैंड अकेले नहीं हुए तो उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन जाती हैं क्योंकि उनको आगे करियर चूज करने होते हैं आगे जो हमारे एजुकेशन है वो बहुत हाई एजुकेशन जो होती है वो बहुत टफ होती है तो उन सब चीज़ों के लिए हम अपने बच्चे को स्पेशल नहीं बना सकते तो ऐसे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं इस चीज़ को लेके तो डॉक्टर्स के पास इसका कोई सलूशन नहीं है दिल टेल यू कि आपका बच्चा कितना परसेंटेज का अफेक्टेड है कितना परसेंट अफेक्टेड है बट दे डोंट हैव सलूशन फॉर इट राइट वो कहेंगे आप उसके साथ मेहनत करिए आप उसके साथ बिहेवियर चेंजेस लाइए बट अगर आप यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स सिर्फ रुद्राक्ष पहनने से और थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करने से आप बच्चे के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे जो चीज़ आप 10 बार उन्हें समझाते थे और तब उन्हें शायद एक बारी समझ आती थी आज वो बच्चे खुद अपने आप चीज़ करने लग जाते हैं वो चीज़ खुद समझने लग जाते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है चीज़ों को करने के लिए तो जितने भी आपके आसपास अगर कोई दिखता है या आपकी फ़ैमिली में कोई भी बच्चा इसी तरह का प्रॉब्लम में है तो आप प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट करिए एंड डू दी रेमेडीज एंड गेट द रिजल्ट्स